हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू परि में टोटल गेम और आज हम खेल रहे हैं क्लास कलर स्क्वाय ड्रैंकड तो देखते हैं क्या इस गेम में भैया कर पाते हैं या नहीं फर्स्ट राउंड में अधिकतर टीम किल करने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें क्या टीम किल कर पाते हैं या नहीं ओ भाई आपका बंदा है तो संभाल कर खेल लेंगे चलो चलो चलो चलो तो ओ भाई हेडसेट तो लगा लेकिन वैसा वाला हेडसेट नहीं लगा इसे पूरा ख़त्म करेंगे हम चलो और देखते हैं बंदा कहाँ है ओ तो भाई इधर है एक बंदा ओ भाई ये अचानक से कहाँ से आ गया तो चलो इसे पूरा ख़त्म करते हैं। ऐसे भी ये डैमेज तुम इतना दे नहीं पाएगा हमको चलो इसको पहले पूरा ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये बस ये इसका पार्टनर आके रिवाइंड कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हमको चलो अब देखते हैं इसका और एक और पार्टनर की तरह क्योंकि एक पार्टनर को तो मेरा बंदा ही ख़त्म कर दिया ओ भाई जल्दी से जाना पड़ेगा वह बंदे को तो डॉन्द कर दिया ओ भाई आ गया आ गया आ गया इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ए चल ये अभी ख़त्म हो गया तो इस इस राउंड में तो पहले राउंड में तीन क्लिक कर लिए तो चलिए दूसरे राउंड में देखते हैं कि कितने क्लिक कर पाते हैं। इधर से जाए या नहीं चलो इधर से जाते हैं इधर से मिल जाएंगे इधर से पहले जाते हैं मैं साथ हर बार स्कैम होता है जब इधर से जाते तुम मारे जाते इसीलिए इधर से जा रहे हैं ओह भाई बंदा आ गया एट सौ रुपये हो एक एक ओ भाई देखो मैं साथ ही एस्कैन हो गया मैं अब नहीं सब इसको अब क्या ब, बताए चलो जल्दी से मैटेट में बात ओ भाई एक और बंदा चलो इसे ख़त्म कर ले तो पूरा ओ भाई ये गया ख़त्म हो गया मैं बंदा इसको डाउन कर दिया चलो ओ भाई ये चला कहाँ से रहा टेस्ट तो पड़ा मैं बंदे को एक डाउन हो गया चलो इधर से चलते हैं देखते के बंदा कहाँ है और उसको हेडसेट मारने की कोशिश करेंगे ख जा भाई ऐसा तो मिला बॉडी शर्ट से ही मरा है। चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट राउंड में देखते हैं इसमें क्या है कि हम थोड़ा समय दे दिए अपने भाई लोगों को कि जाओ जाके किल करो तुम लोग उसके बाद हम आते हैं देखते हैं और इस राउंड में तो कम से कम हम दो किल मिनिमम दो किल ही करने की कोशिश करेंगे इसीलिए पहले ही अपने बंदे लोगों को आगे भेज दिया मैंने इस गेम में और यहाँ पर थोड़ा वीडियो कट किया है मैंने चलो अब चलते हैं मैं बंदे लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे किल भी कर ली हूँगी देखते हैं इसमें क्या किल कर पाते हैं या नहीं दो किल मिनिमम दो ही किलो हमको उठाना है यहाँ पर क्योंकि जब भी हम ज़्यादा किल करते हैं तो बहुत कोई बोलता है कि किल नहीं मतलब कि हो गया जैसे कि बढ़िया से खेलते तो बहुत कोई बोलता है कि किन् नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो जिससे हो गया कभी कोई प्रैंक, प्रैंक कर दिए किसी बंदा के साथ कभी बोल दिया कि, कि हम नोबा और डैमेज दे दिए पूरा मतलब ज़्यादा किल उठा लिए तो बहुत दिक्कत हो जाता है बंदी लोगों को समझाने के लिए वो लोग बोलने लगता है कि पूरा और बोलते हैं और न हो इसीलिए इसमें कम किल करने की कोशिश करें चलो तो इसमें दो दो क्लिक कर लिए थे और इसमें क्या है ना कि एक चांस दे, दे देंगे अपने बंदी लोगों को कि जाओ तुम लोग मारो हम इसमें डाउन हो जाएंगे नहीं इसमें हम मारे जाएंगे जान बूझ तो जिधर बंदा रहेगा उधर ही जाएंगे ताकि मरे चलो ये रोन में बंदी लोगों को इसको ये रोन किस दिखते ही ये क्या करता है मेरे ख्याल से ये ऊपर ही सब माने की कोशिश कर रहा है सभी को और हमको तो नहीं लगता कि ये मेरे ख्याल से यही हमको भूलिया दिलाएगा इसीलिए इसी पर रखते हैं ओ भाई ये तो दूसरा है ना सारा मैं डोनो चुका है सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है तो इसी पर अभी रखते हैं फिलहाल के लिए जा रहा है इसको चलो इसको डोनो कर दिया ये मेरे बंदा देखते देखते देखते देखते ओ भाई चलो चलो ये तो डोन नहीं बंदी तो इसको डाउन कर दो चलो ये डाउन हो गया ओ भाई नीचे जाओ नीचे नीचे नीचे ग्लोव ग्लू वाल ग्लोबल चलो चलो बहुत बढ़िया ओ भाई मैं तो मेरे मानते चलो कोई बात नहीं ओ भाई बीत तो दिला दिए चलो अब देखते हैं कि कितना किल कर पाए हैं टोटल मिला के कुछ देर इंतज़ार कीजिए और क्या ओ भाई छः किल की है तो चलो बहुत बढ़िया ओपी है, है चलो